तेरा मेरे होनी तेरे चला तो बीजे वाले बापू मेरा गाना चला तो बीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो गाना चला तो गाना चला तो करेंगे